नमस्कार और आप देखते हैं फलह संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान को लेकर के आज फैदाबाद में सुबह छः बजे से ही किसानों ने कई इलाकों में रोड जाम की स्थिति बना ली वही फैदाबाद के रतिया शहर में किसानों ने संजय गांधी चौक पर जाम लगाया और जहाँ पर चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई इलाकों में जाने वाले रास्ते को भी बंद रखा इसके अलावा तोहाना कस्बे के गाँव कन्हहड़ी में किसानों ने रोड जाम कर टोहाना से नरवाना जेल और अन्य रास्तों पर जाने वाले रास्तों पर जाम लगाया कनड़ी गांव के अलावा किसानों ने जाखल स्मैन अबानी पूला सहित कई गांवों के कस्बों पर सड़कों को जाम किया जाम लगाकर के बैठक किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता रंजीत सिंह ने ढीलों ने कृषि कानूनों को लेकर के यहाँ पर एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष ओ धनखड़ द्वारा किसानों को चढ़ने के गुंडे कहने वाले बयान पर भी किसान नेता ने आग बबूला होकर के दिखाया उन्होंने ऐलान किया कि इसमें फतेहाबाद जिले के तोहाना क्षेत्र में गांव कन्हड़ी समैन कुला और जाकल सहित कई गाँव के कस्बों में रोड जाम करके सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा भाजपा के अध्यक्ष ओ धनखड़ किसानों को गोंडा कह रहे हैं जबकि मैं कहता हूं कि सबसे बड़े गुंडे भाजपा के लोग हैं भाजपा पार्टी के गुंडों की पार्टी है उन्होंने कहा कि सत्ता आने के बाद भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि नारे को भाजपा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहना चाहिए उन्होंने कहा कि ये वही पौपीधनखड़ है जिन्होंने अर्धनग्न होकर के पेट्रोल डीजल के रेट पर बढ़ने पर महंगाई बढ़ने का सड़कों पर उतर प्रदर्शन किए थे लेकिन आज पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस सिलेंडर एक हजार प्रति सिलेंडर होने के बावजूद भी इनके कानों पर तक नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की नहीं सुन रही है तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन केवल किसानों की लड़ाई नहीं रहा उन्होंने कहा कि सभी ने किसानों को सहयोग किया है और सभी ने किसानों के इस भारत बंद का भी समर्थन किया यह कार्यक्रम शाम चार बजे तक चलता रहेगा वही रोड जाम के दौरान फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस बीमार व्यक्ति तथा परीक्षा देने वाले छात्रों को आने जाने की छूट रहेगी लेकिन अन्य किसी वाहन को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा कल कल राजेश खास सरकार द्वारा पास किए गए तीन काले कानूनों के खिलाफ लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में तो उसके दस महीने पूरे हो रहे हैं और अब जनवरी के बाद सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की हमारा कोई उगसुख नहीं ली तो हम लगातार दस महीने से वहाँ सड़कों पर लेट रहे हैं और सरकार ने हमसे बातचन बातचीत करना भी उचित नहीं समझा तो इस विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा में ये फैसला हुआ कि इस धरने के दस महीने पूरे होने और ये कानून पास होने के एक साल पूरा होने पर पूरे देश में काली दिवस के तौर पर मनाया जाए और पूरे देश को पूरे भारत को जो है वो इस दिन बंद किया जाए आए ये कहाँ आपने दरगा प्रदर्शन किया और ये कहाँ को रोड जाते और कहाँ आते ये रतिया का संजय गांधी चौक है यहाँ से फतेहाबाद रोड बुढ़लाडा रोड और टोहाना रोड जो मेन तीनों रोड है यहाँ पर हमने बंद कर दिए हैं यहाँ से ये छः बजे सुबह हमने बंद कर दिए थे और अब ये किसान मोर्चा के दिशा निर्देश के मुताबिक मोर्चे की काल है जो इस बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार ने तीन कलेे कानून बिल फोपे ने जारी किए किसाना किसानों के जमीन खोह वास्ते मजदूर दोजी रोटियां खोह वास्ते व्यापारियों के व्यापार ठप्प करने वास्ते अस महीने हो गए किसान मजदूरों दिल्ली दड़क बैठे नूँ सरकार नू गूंगी वैरी जगा वास्ते संयुक्त मोर्चे की कल आ सारा भारत बंद करेडिकल सहूलत न छड़ के फायर ब्रिगेड न छ के बच्चे जरूरी पेपर ने वो रोल नंबर दिखा के टप सदगाता गा एंबूलेंस टपी ये दो तीन चीज़ों छड़ के बाकी मार्किट स्कूल अदारे सारा सिस्टम बंद आज ये सारिया मार्केटा बंद ने सारिया यूनियन दुधी यूनियन ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ادارے तकरीबन तकरीबन बंद ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੱਜ ਐਡਾ ਸਫਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ऊपर से आदेश आया क्योंकि दस महीने से हम कल दस महीने हो गए दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसान लड़ाई लड़ रहे है। दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सरकार के जो है कान के ऊपर जू भी नहीं रेंग रही तो इसी आंदोलन को और तेज करने के लिए जनता की जनता की हिस्सेदारी जो है वो इस आंदोलन में और बढ़ाने के लिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया उसी कड़ी के तहत आज टोहा के अंदर टोहा हरके के अंदर कई जगह पर जो है जाम लगाया गया है बाज़ार बंद होंगे जो है रोडवेज पूरी तरह बंद है रेलवे पूरी तरह बंद रहेगी और यहाँ टोहा के अंदर पक्का किसान मोर्चा कनड़ी समैण अमाणी उला जाखड़ ये सभी जगह पर जो है जाम लगा करके सड़की आवाजाही ठप कर दिया गया भाजपा आंदोलनकारी गुंडे है इस मामले में क्या ये बीजेपी वाले खुद गुंडे हैं बहुत घटनाए है ऐसी होगी जिसने साबित कर दिया ये एक, एक नारा लेकर आए थे मैं उस नारे पर कटाक्ष करना चाहूंगा नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब नारे का जो भाव लोग लेने लग गए हैं कि बेटी पढ़ाओ और बीजेपी वालों से बचाओ क्योंकि इन्होंने इतनी मतलब जो है हमारी बच्चियों की इज्जत लूटी है इतनी गुंडागर्दी की है इन्होंने ये खड़ा है जो जो हमारे को गुंडे बता रहा है ये सब बैठे हैं किसान अपनी सीआईडी आई डी भेज दे अपना प्रशासन भेज दे एक एक का आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे एक एक की पहचान बता देंगे जो सारे कांग्रेस जो है किसान बैठे है और ये धनखड़ 2014 से पहले ये नंगे होकर के सड़कों पर कूदते थे कि पेट्रोल जो है साठ रुपये हो गया जो है इसकी डॉलर की कीमत जो है बढ़ गई तो आज कहाँ गए आज सिलेंडर हजार रुपये होने जा रहा है नौ तो लेने ही लग रहे हैं तो ये पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं जगह जगह पर मैं आरोप लगाना चाहता हूँ चाहे वो हसार लाठीचार्ज हुआ हो चाहे वो सरसे हुआ हो चाहे वो करनाल हुआ हो रोहतक हुआ हो बीजेपी के गुंडे निकरधारी जो है पुलिस की वर्दियाँ पहन के किसानों के ऊपर हमला करते हैं ये तो यहाँ तक पहुँच गया गुंडागर्दी करने हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कोई गुंडागर्दी नहीं सब प्रशासन देख रहा है सब दुनिया देख रही है शांतमय तरीके से हम जान लगा रखे हैं